भाई भाई भाई भाई भाई, भाई भाई भाई भाई भाई फोन ही गिरा दिया चलो फोन ही गिरा दिया आपको तो बता देते हैं हमारे चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब करना जरूर बोलना नहीं हेलो एंड वेलकम गाइस हमारे चैनल भी आपका स्वागत है तो आज सुबह सुबह हम निकले हैं कुछ पत्ता वत्ता लेने के लिए तो देख सकते हैं आप मेरे सामने हमारे मामा जी है वो भी हमारे साथ चल रहे है। तो हम लोग आए थे हमारे मामा के घर दो दिन पहले तो वहाँ पे घूम फिर के हम वापस जा रहे हैं आज अपने घर क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा काम करना है, है बहुत अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है वरना तो मैं यहाँ पे और थोड़ी देर रुक सकता था तो देख सकते चारों तरफ कितना अच्छा दिख रहा है एकदम नेचुरल ब्यूटी है अगर कोई इन्वायमेंटल को ख़राब करने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं है तो आप सामने देख सकते हैं एक हमारे पास बगान है ना जो हम कहते हैं वो जंगल का बेड़ वहाँ पर वो मिलता है तो हम वहाँ पर ही जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सुबह <coughs> सुबह कितना सूरज जुटा है बहुत गर्मी महसूस हो रहा है अभी अभी भी ठंडा का मौसम है लेकिन हमारे पास मतलब कि हमारे इधर अभी भी गर्मी है थोड़ा बहुत तो अगर आपको पता नहीं हो तो हम अभी वो जगह का नाम जो है ना वो उसे कहते हैं कामाख्यागुरी वो नियरली आलिपुर दूर से 20 से 25 किलोमीटर दूर ही है तो अगर आपको ये जगह पसंद है तो आप भी आ सकते हैं घूमने के लिए तो देख सकते ये है हमारी मामा जो कि हम उम्र में थोड़ा छोटा है लेकिन हमसे बहुत बड़ा हो गया है <laughs> जब वो छोटा था तो हम लोग एक साथ मिल मछली पकड़ते थे बहुत इन्जॉय करते थे लेकिन अब वो बड़ा हो गया वो काम करता है दूसरी जगह पर दिन में वो उनका उसको टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों के साथ घूमने के लिए तो खैर वो भी एक अलग बात है वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेड़ मिला है हम लोगों को इस पेड़ में जो फल फल है ना वो आप खा सकते हैं अभी भी एक अच्छा लेकिन पकने के बाद हम इसे खा सकते हैं ओ भाई, भाई भाई भाई भाई देख देखो देखो मेरे हाथ से खून निकल गया इस इस बेर में एक काटा था जो हमारे हाँ हाथ में चुग गया है तो आप देख सकते हैं आप हाँ मेरे हाथ से खून बह रहा है तो चलिए कोई बात नहीं हम लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है तो आप भी अगर इस बेर के पास आना चाहते हो फल खाने के लिए तो प्लीज़ भाई केयरफुल आना तो देखो हमारे मामा जो है वह आप बैर तोड़ रहा है हमारा और भी एक छोटा मामा जो हमें बुला रहा है घर जाने के लिए क्योंकि मुझे अभी भी खा हुआ कुछ टाइम ही नहीं हुआ है <coughs> अभी भूख नहीं लगा लेकिन वो लोग मुझे बुला रहे हैं खाने के लिए तो चलिए हम उन्हें भी दिखा देते हैं हम अपनी ब्लॉग में तो यहाँ पे मैं सन की दूसरी तरफ जा रहा हूँ हमारे चेहरा थोड़ा उभरे हुआ से दिख सकते हैं आपको लेकिन कोई बात नहीं हम लोग ऐसे ही काम चला लेंगे तो हमारे सामने वो देखो आ रहा है मेरे मामा जी चलो हमारे ब्लॉग में आ जाओ हम लोग आज ब्लॉग शुरू किया है मैं उनके पास कैमरा ले जा रहा हूँ वो शर्मा रहा है यहाँ उन लोगों का भी एक YouTube चैनल है वो लोग आर्मी का वीडियो बनाता है बहुत छोटा है बच्चा लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है रुको मामा अरे मामा हम लोग भी ब्लॉग शूट करना शुरू किया है आज ही तो अगर आपको भी देखना है हमारे मामा जी को तो इधर देख सकते हैं वो जा रहे है बहुत छोटू सा एक मामा वो पहले वाला जो मामा था ना उसका भाई है अरे मामा इधर रुको कहा जा रहे हो हमारे ऑडियंस के दो शब्द बताओ इधर इधर इधर, इधर इधर इधर इधर इधर ये ये देखो देखो। अरे मामा मामा मामा कुँ, दो शब्द जस्ट ओनली टू वर्ड्स शर्म आ रहा है बच्चे को देखो अपना मुंह छुपा रहा है कैसे ये वीडियो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा देखते देखकर इसके बाद क्या रिएक्शन आता है लोगो को ऐसे कौन करता है तो आप देखिए ये पेड़ तोड़ने के लिए हम आए थे यहाँ पे जिसकी वजह से मेरे हाथ में फूट गया था काटा तो अगर आपको भी ये पेड़ पहचान में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए तो ये देख सकते हैं हमारे मामा भी सामने खड़ा है हाथ में पेड़ लेके वो और भी तोड़ने जा रहा है तो आपको देख आपको दिखा देते हैं कि पेड़ कैसा होता है ये देखो ये देखो ये बहुत तो आ जाओ। ये बहुत खट्टा है लेकिन जब पकेगा ना वो बहुत मज़ेदार हो जाता है तो आप देख सकते हैं हम लोग किस जगह पे आए हैं चारों तरफ का नज़र आप लोगों को भी दिखा देते हैं ऐसा होगा एस वो दिखा रहा है कैसा होगा फिर चलो कोई बात नहीं तो हम थोड़ा और भी घूम लेते हैं यहाँ पे तो तब तक के लिए आप इस ब्लॉक पे बने रहिए तो इसके बाद हमको घर जाना है वहाँ पे खाने के लिए बुला रहा था मैंने आपको पहले ही बताया दिया तो कोई बात नहीं आज हम घर लौट जाएंगे यहाँ से ये यह है हमारा बड़ा मामा और ये है छोटा वाला बहुत शैतान बच्चा है ये इधर देखो इधर एक एक्सपोज मारो तो ये देखिए नजारा कुछ ऐसा है वो तो इलेक्ट्रिक का टावर है हम लोग वापस लौट रहे हैं हमारे मामा की घर ये है देख सकते हैं आप रास्ता क्या हुआ तीखा नहीं खट्टा क्या आप बोल देते हो भैया सॉरी मामा हम भी चल रहे हैं और हमारी परछाई भी चल रहे है हमारे साथ हेलो ये देखो बच्चों का और भी करो एक बार भाई तो चलते हैं तो आप लोगों के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए शुक्रिया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना भाई